तो नमस्कार दोस्तों अंजलि पेन सॉल्यूशन की ऑफिशियल साइट पर आपका स्वागत है तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर तो चलिए चलते हम अपने साइट पर जैसे ही हम अपनी साइट को ओपन करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आपको पहली ही लिंक पर क्लिक कर देना है अंजलि पेन सोल्यूशन वाली पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा जैसे ही ओपन आता है तो आपको यहाँ से लॉग कर लेना है लॉग पर क्लिक करोगे तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डी लिख देनी है जैसे मैं अपनी यूज़र आईडी लिख देता हूँ और नीचे आपको अपना पासवर्ड लिख देना है जैसे कि मैं अपना पासवर्ड लिख रहा हूँ जैसे ही पासवर्ड और यूजर आईडी कंप्लीट हो जाता है आपको लॉग कर देना है लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है आज हम बात करेंगे जो पेन कार्ड में हमें करेक्शन करना है यानी कोई सुधार करना है हमें पैन कार्ड उस पर तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है अप्लाई करेक्शन पर जैसे ही आप करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा उसके बाद आपको आधार ओल्डर पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा यहां पर आपको उस पेन कार्ड का नंबर डाल देना है जिसमें जिस करेक्शन यानी सुधार करना है तो मैं जैसे अपना पेन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर मुझे जिस पैन कार्ड में सुधार करना है उस पेन नंबर को डाल देता हूँ यदि आपको अपना नेम चेंज करना है तो यहाँ पर यस कर देना है इस ऑप्शन पर और अगर नहीं करना है तो नो कर देना जैसे मुझे नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ उसके बाद आपको पैन कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है उसका लास्ट नेम लिख देना है इसमें जैसे मैं लिख देता हूँ सिंह एस आई एन जी एच उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपको अकाउंट होल्डर का नेम लिख देना है जैसे मैं लिख देता हूँ धीरज वहाँ से आगे चलते हैं तो ये लिखा है डू यू वाट टू चेंज डेट ऑफ बर्थ तो जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करनी है तो मैं नो no कर देता हूं। यहाँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूं जो मैंने पैन कार्ड में दी हुई है तो जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूं आगे चलते हैं हम तो आगे पूछता है कि डू यू वॉन्ट टू चेंज जेंडर नेम यानी अगर आपको जेंडर में चेंज करना है तो यस करिए नहीं तो नो करिए मैं नो no कर देता हूँ तो मुझे कोई चेंज नहीं कर है जैसे मेल है तो मेल कर देता हूँ उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू वांट टू चेंज पेरेंट्स डिटेल तो मुझे पेरेंट डिटेल चेंज करनी है तो मैं यस yes कर देता हूँ यस yes कर देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है सभी को पिताजी का ही नाम भरना है तो यहाँ पर मैं अपने पिताजी का नाम भर देता हूँ सिंह यहाँ पर क्या भर देता हूँ महेश मेरे पिताजी का नाम है महेश मैं लास्ट नाम भर दिया इसमें फर्स्ट नाम भर दिया आगे चलते हैं जिसमें एड्रेस चेंज करना है तो मुझे करना है तो यस yes कर देता हूँ अगर नहीं करना है तो यहाँ पर नो कर सकते हो आप आपके पास पांच ऑप्शंस हैं इन पांच ऑप्शंस में आपके पास ऐसा एड्रेस डालना है जो मैच नहीं करे तो मैं पहले में लिख देता हूं केयर ऑफ महेश सिंह नेक्स्ट लिख देता हूं मैं नियर एसबीआई बैंक यहां पर लिख देता हूं मैं रेलवे स्टेशन यहां पर भर देता हूं मैं रेलवे स्टेशन यहां पर भर देता हूँ मैं स्टेशन रोड उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर टाउन भर देता हूँ मैं अपना मुरैना तो आप देख सकते हो ये पांच ऑप्शंस हैं इन पांचों ऑप्शंस में हमारा अलग अलग हो गया अलग अलग ही आपको फिल करना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपका ये साइड नहीं लेगी एड्रेस तो मुझे एड्रेस में करेक्शन करना था तो मैंने कर दिया उसके बाद आपको पिन कोड लिख देना है स्टेट सिलेक्ट कर देनी है जैसे कि मैं एमपी पी कर लेता हूँ कर लिया यहाँ पर आपको वो ई मेल दर्ज करनी है जिस पर आपको जो पैन कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए तो मैं अपनी पैन कार्ड वाली आईडी डाल देता हूं तो मैं अपनी आईडी डाल देता हूं अंजली पेन सॉल्यूशन ठीक है उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर मोबाइल नंबर लिख देना किसका ग्राहक का मोबाइल नंबर लिखना है इसमें आपको अपना नहीं लिखना है ग्राहक का मोबाइल नंबर लिखना है ये कह रहा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल सेलेक्ट यस अगर आपको आधार डिटेल चेंज करनी है तो यस कर सकते हो नहीं तो नो कर सकते हो मुझे करनी है तो मैंने यस कर दिया यहाँ पर अपना आधार नंबर लिख देता हूँ जैसे ही मैं आधार नंबर लिखता हूँ आपका काम हो गया है यहाँ से आपको सबमिट कर देना है उसके बाद आपको डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा उसके बाद पेंडिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका फॉर्म आ जाएगा तो पेंडिंग फॉर्म में जाने के बाद आपको क्या करना है आपके पास ऑप्शन आएगा प्री फिल उसके नीचे लिखा है सी फॉर्म तो सी फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और ये जो फॉर्म आ गया आपके सामने इस फॉर्म का आपको क्या निकाल लेना है प्रिंट आउट निकाल देना है बाकी प्रोसेस वही है आपको दो फोटो लगा देने हैं एक फ़ोटो पर क्रॉस सिग्नेचर करना है एक फ़ोटो पर नीचे वाले डिब्बे में सिग्नेचर करना है ये दोनों ही फ़ोटो कैसे होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के होने चाहिए उसके बाद आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर नीचे भी ले लेने हैं और इस फॉरम के पीछे भी कैंडिडेट के सिग्नेचर ले लेने हैं तो धन्यवाद दोस्तों आगे अगर आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोज़ में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना